एक ट्रोल याद होगा सबको वो स्त्री है वो कुछ भी कर हाँ जी हाँ जी वो स्त्री है कुछ भी कर सकती तो है कुछ भी कर सकती है है ना बहुत ट्रोल हुआ था, इस तो मैंने इस ट्रोल पर एक कटाक्ष किया है। वो है, वो कुछ भी कर सकती है क्योंकि वो जन सकती है जनना मीन जनरेट करना है ना जन्म देना तो वो स्त्री है वो कुछ भी कर सकती है क्योंकि वो जन सकती है मनु जैसे आरंभ को से अंत अश्वत्तर अत्याचार में तान को और योगेश्वर भगवान को अच्छा। स्त्री है वो कुछ भी कर सकती है क्योंकि वो जन सकती है गुरु गोविंद सिंह से मान को शिवा से सम्मान को विक्रम जैसी शान को और स्वामी से स्वाभिमान को हल्दी घाटी संग्राम को महाराणा की आन को उदय सिंह के प्राण को और चंदन से बलिदान को वो स्त्री है वो कुछ भी कुछ कर सकती भी कर है। है। क्योंकि वो जन है सरदार से लोहांग को अटल से का व्यंग को सरदार से लोहांग को अटल से का व्यांग को आजाद चंद्र खुदीराम को तिलक बोस कलाम को भक्त तुलसी को नरसी जैसी भक्त भानु को बिहारी भूषण बाण को मलिक और रसखान को वो स्त्री है वो कुछ भी, भी करती कर कर, बहुत अच्छा क्योंकि वो जन सकती है चौदाह वर्ष बनवास को चौदह वर्ष बनवास को लक्ष्मण जैसे भ्रात को भरत जैसी आस को और अवध के विश्वास को hmm. सेतु के आधार को सेतु के आधार को वन की कतार को राम के प्रतिकार को और रावण के संहार को hmm. वो स्त्री है वो कुछ भी कर बहुत अच्छा दिखाया